बहुत चल रहा है बुंदेलखंड में सभी कलाकार बार-बार फरमाइशें हैं। देखो फिर से प्रयास है समझियो आप और लाइनों के कहे? अरे इनके काला में हो गई दला बोल गई कोयलिया इनके घेला बोल गई पुरानों पर गौ पुर पर पुरऊ उसे चुवन लगी है धार देव उसे चुवन लगी है धार बोल गई कोयलिया तो, खेला गौर तेला धर तौड़ा के गौ धरता के गौरी धर ते लोड़ा के गौ मच गई रही देखो कार जान तू मच गई रही ओ कार बोल गई कोयलिया हो गई करार बोल गई कोयलिया नहीं जाने संगे चली चलो हमें कू नहीं जाने जवानी सी हल्की बिन्दा चिवानी सी बैठी ओ कितनी प्यारी है कटनी की कमे थी सही कही नहीं भैया अरे के काय मोहिनी चमानी सी बेटी और कितनी प्यारी है कटनी की कमेरी गए उनके उनके तुम्हें लग रहा है जोग लग तो सुनो असली में बताएं अरे मज़ा मज़ा है है गोरी, गोरी। सबसे ज्यादा जीवन जीने में चश्मा हकीकत कह रहे मजा है सबसे ज़्यादा ज़्यादा जीने में पर मज़ा है देखो लाल की पीने। देखो जितने हल्ला कर दो और जितने नहीं पिए वे शांत बैठे अपने छतरपुर बारे शांत सुन रहे हम समझ गए भावना के मजा है गोरी सबसे ज्यादा जीवन जीने में से ज्यादा मजा है देखो लाल की मीरे हम शिक्षा नो दे रहे कछु जने सो करते हैं कह के जीना अगर जरूरी है ये तो केवल जोई सोच जिन्हें अच्छी टेंशन होवे उनकी सगी ने अच्छी टेंशन भर दी हो धोखा दे फिर देखो गम की एक, एक दवा है का रब है ना के जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है